टेक्निकल मी बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिले हेलो फ्रेंड्स मैं आज आप लोग ने एक व्हाट्सएप ट्रिक्स लेकर आया हूँ आप लोग के व्हाट्सएप के बैकग्राउंड में कैसी फ़ोटो लगाएंगे तो आप लोग देखिए आज से मेरा वीडियो देखकर आप लोग व्हाट्सअप ऊपर बैकग्राउंड लगा सकती देखिए मेरी तरह बैकग्राउंड लगा सकती तो सब एक एक के दिखाऊंगी। तो आप तक तो मेरा चैनल में नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ बेल आइकन को भी दिखाइए टेक्निकल न्यूज़ चैनल देखिए मैं एक एक के दिखा दिए व्हाट्सएप ओपन किया देखिए मेरा चैनल है इसके ऊपर बैकग्राउंड लगाऊंगी देखिए कैसी लगाती है बैकग्राउंड देखिए ऊपर बैकग्राउंड नहीं है इसके ऊपर बैकग्राउंड लगाऊंगी तो देखिए बैकग्राउंड कैसे लगाती है आप लोग आसानी से सीख देंगे बैकग्राउंड देखिए अभी तो रही है। मैं बैकग्राउंड लगाऊंगी, लगाऊँगी देखते रहिए मैं दूसरे व्हाट्सअप ओपन दिया बैकग्राउंड है मेरा WhatsApp के ऊपर बैकग्राउंड है तो इसलिए WhatsApp व्हाट्सएप के लिए मेरा है अब मैं कलर्स पे जाऊंगी, कलर्स पे जाकर देखिए ये कलर्स हाँ अभी मैं थर्ड नंबर बैकग्राउंड लिखा है थर्ड नंबर देखिए बैकग्राउंड लिखा है नंबर बैकग्राउंड लिखा है बैकग्राउंड देखिए मैं इसको बैकग्राउंड बैकग्राउंड बैकग्राउंड कर देखिए देखिए ये मैं ओपन करूंगी देखिए फोटो है ग्रेड कलर ग्रेंडेड कलर स्लट कलर देखिए मेरा गैलरी में गया मैं अभी फोटो सिलेक्ट हूँ ये देखिए पहला ऐसे फोटो मेरा देखिए मैं इस फोटो को सिलेक्ट कर रहा हूँ इसको मैं सेट करूँगी तो देखिए सिलेक्ट हो गए इसके ऊपर लग गया हर दूसरे फोटो दिखा दियोनिवर्सल कलर्स बैकग्राउंड लगा बैकग्राउंड व्हाइट की बैकग्राउंड है इसलिए ऐसी आई है और बैकग्राउंड चेंज करूँगी ऑनलाइन जब आती है ना मेरे वो नोटिफिकेशन होती है और आवाज़ भी दे सकती है ऑनलाइन आने के लिए जब कोई ऑनलाइन है तो एक रेड देकर कर सकती है तो देखते रहिए बैकग्राउंड क्लैक करेगी देखिए एक कलर अलग किया देखिए जो लास्ट सीन है लास्ट सीन देखिए टाइम हाँ देखिए कलर्स बैकग्राउंड देखिए और कोई अलग कलर सेट करती हो अभी सेट होगा साइड की कलर है तो राइट लेफ्ट लेफ्ट ऐसे लेके से तरह और उसको ये करते साइड देखिए कलर ब्लैक राइट और ऑरेंज कलर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए और फ्रेंड्स को शेयर कीजिए होल्ड मी क्लोजTil i get up i miss belly on our side